जो तुम जाओगे जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे सुनिया सुनिया गलिया दे रोलना सुनिया गलिया रोलना दी रूए किसर लोलना देर जानी जे रूलाओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे दगा करोगे वाली मौत तुसी भी मरोगे हो जुल्म कमाओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे मुझे छोड़ करी जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे देखे हम दोनों ने मिलके धीरे धीरे क्यों दफ़नाने लगे हो और बर्बाद दे छ लेना स्वाद दे छू प्यार लरसाओगे बड़ा बचताओगे बड़ा हम जे छोड़ कर जो तुम जाओगे बड़ा बचताओगे